तो हेलो गैसे आप लोग उम्मीद कर रहे सब लोग अच्छे और आगे भी बढ़े रहने वाला है तो कैसे बहुत ढूंढने के बाद आज का कॉन्ट्रिकाइल मुझे मिला है वो भी कॉन्टी फाइल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो देखो आज का जो कॉन्टी फाइल होने वाला है ओपी लेवल का कॉन्टी फाइल होने वाला है आज के कॉन्फिक फाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा मतलब इतने दिन आप जो जो कॉन्फिक फाइल में ढूंढते थे अब एक ही कॉन्टिक फाइल में सब आप मिलने वाला है तो देखोग को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ अब लाइव प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पे कैसा हेडसट लग रहा है पर मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा ये कॉन्नीफाइल अप्लाई करने के बाद आप एकदम सीधा ट्रेनिंग पे मत जाइएगा कुछ राउंड नॉर्मल मोड खेलने के बाद फिर ट्रेनिंग राउंड पे जाना वरना ये ट्रेनिंग राउंड में पहले अप्लाई नहीं होगा मतलब तो ट्रेनिंग राउंड में सबसे पहले आप यूज़ करें तो ये कॉन्नीफाइल वर्क नहीं करेगा पहले ही बोल रहा हूँ इसलिए सबसे पहले आप रैंक मैच पे या फिर सी में कुछ भी आप मोड खेल के फिर अपना ट्रेनिंग ग्राउंड पर यूज़ कर सकते हो तो देखो कॉनिक फाइल का एंटी बैन होने वाला है हमेशा के तरह मतलब अपना मेन आईडी के लिए आप अपना मेन आईडी पे यूज करो अपना आईडी बैन नहीं होगा इस बात का गारंटी आपको रॉय मास्टर खुद देता है और सबसे बड़ी बात तो ये इसमें कोई इन सेटिंग भी नहीं है मतलब आपका सेटिंग जो भी हो फिर भी आपके डिवाइस में वर्क होने वाला है तो आप बात कर हैं अपलाई प्रोसेस के बारे में तो देखो अप्लाई प्रोसेस देखने से पहले हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना देखो इस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो चलिए मैं आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा देता हूँ तो so, सबसे पहले आपको मेरा फाइल एक्सप्लोर्ट कर लेना है एक्सप्लोड करवाने के, के बाद ये चार फाइल आएंगे इसको सारे एक साथ सिलेक्ट करके कर आपको कट कर लेना है तो मैं इसको एक तरह सेलेक्ट करके कट कर लेता हूँ तो चलो मैं इसको कट कर लिया फिर आपको डिवाइस मेपे चले जाना है तो डिवाइस मेपे चले जाते हैं जो टर्ने के बाद आपको एंड्रॉयड पर सिम्पली क्लिक करना होगा फिर आपको डेटा पे क्लिक कीजिए डेटा का क्लिक करने के बाद अगर मैक्स खेलते हो मैक्स और फीफायर करते फीफायर तो मैं मैक्स खेलता हूँ फिर आपको फाइल्स के अंदर चले जाना है तो चलिए फाइल्स तो के अंदर चले जाते हैं फिर आपको कंपल्स आई गेम्स बंडल और यहाँ पे आपको सिपलिप पेस्ट कर देना है बस इतना सा कर दीजिएगा इस